भैया सभी जनों से केवो भैया सभी जनों से केवो वो कठन है अब की बारी ओ मम्मा तो मई देख लो आके सुनियो हमारी नमारी मम्मा तो मई देख लो आके सुनियो बे हमारी मम्मा तुम सुनो धरो ध्यान डूबी मका डूब गई धान ये डूबी मका डूब गई धान ओ, मिट गए घर डूबो सामान मिट गए घर डूबो सामान भगवान कसम सब डूब गो घर द्वार खेती बाड़ी धक् धान मका सोयाबीन सब डूब गाओ कुछ नहीं बचो बैठे बैठे मोड़ा मोड़ा मोड़ी, मोड़ी, भूखी है घरवारी। ओ मम्मा तुम्हें तो देख लो आके सुन लो भी हमारी हम मम्मा तुम्हें देख लो आके सुन लो भी हमारी एक गांव में आके देखो जो सीन गांव में आके देखो जो सीन डूबे के मर गोयान डूबे के मर गोयान पैसन बिन सब हो गए हीन पैसन बिन सब हो गए हीन भगवान का स्वामी को तक नहीं है के मालू पर शक्का ले आ चाय पत्ती ले आ के चाय बना के पीला कुछ नहीं बचो भैया भैया नो नक के लाना नहीं हैचो भैया का बताए ओ भारी कर्जा बचे ना उड़दा भारी कर्जा बचे ना उड़दा मर गई मूंग बेचारी ओ मम्मा तुम्हें तो देख लो आके सुन लो बिना हमारी हम ममां तुम्हें देख लो आके सुन लो बिना हमारी के हमने ऐसी हती ना जानी हमने ऐसी न जानी इतनो भारी बरसो पानी इतनो भारी बरसो पानी ओ आ गई बाढ़ सोआई गिरानी आ गई बाढ़ सुरानी आ गई बाढ़ सुरानी भैया दो दो बेर बाढ़ आ गई एक बेर की तो चल जाती मान लो के थोड़ी बहुत आई थी अब की तो इतनी आ गई की मान लो घरों में तक पड़गा पानी सही कह रहे कुछ नहीं बचो शासन प्रशासन से के वो शासन प्रशासन से के वो लयो खबर हमारी ओ मम्मा तुम्हें तो देख लो आके सुन लो बिना हमारी हम मम्मा तुम्हें तो देख लो आके सुन लो बिना हमारी भैया सभी जनों से